हेलो कॉल कॉल कॉल हम हम अरे हम बोल रहे नंबर पे उसने मैन की अंडेलीफोम उठाया बोला हेलो बोलो जाओ बोलते हैं जाना, तो है। भी है। जाना भाई, रिक्वेस्ट कर रहे हो